भाई ये प्यार व्यार ना कुछ नहीं होता अपने कैरियर पे फोकस करो कब कटा कर कल शाम को <laughs>